ट्रैवल पे हूँ मैं अभी और जब भी ट्रैवल पे निकलता हूँ तो नई रियलाइजेशन नई डिस्कवरीज और होते हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपको भी ट्रैवल पे लेके जाऊं और मैं कहा लेके जाना चाहता हूँ आपको एक मैं बनूंगा आपका ट्रैवल पार्टनर और कहाँ बनने वाला हूँ मालूम आपको इस एक्सपीरियंस के बाद में आपके पास लेके आ रहा हूँ सत्ताईस तारीख को लीडरशिप फनल काम्पैक्ट वर्जन एक डिजिटल वर्जन आंख में आँख डाल के बोल रहा हूँ आपको नौ सौ मैं बोल रहा हूँ तो आप इस पर लगा सकते हो अपने लिए एहसान करो अपने ऊपर करो अपने लिए आँख में आँख डाल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी जर्नी पे ले जाऊंगा आपको ट्रैवल की जो तो दुनिया में कोई नहीं लेके जा सका आज तक कोई बराबर नहीं है हमारे भगवान की कृपा है पढ़े हो किस चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में लीडरशिप फनल पूरे बिजनेस का संसार मैं कह रहा हूँ आपको दूंगा मैं इसी से तारीख को नौ सौ निन्यानवे अपने पे आपको लगा देना चाहिए ये एहसान करना चाहिए आपको अपने ऊपर अपने आपको माफ़ कर दो बाकी चीज़ों से मेरे साथ इस ट्रैवल पर चलो मैं आपका ऐसा लर्निंग पार्टनर बनने वाला हूँ वो जर्नी पे लेके जाऊँगा वो डिस्कवरीज बिजनेस ही कराऊंगा जो किसी ने नहीं कराया आज तक है ही नहीं कोई यहाँ पे जिस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ उतने कॉन्फिडेंस में मेरे कहने पर मेरी गुडविल पर नौ सौ अपने पर लगा दो आप खुद के लिए खर्च कर दो मिलते हैं आपसे नंबर आपके पास होगा मेरा नाइन आइए बोर्डलाइन नंबर पर फ़ोन करिए और आपसे मिलते हैं 27 तारीख को दोपहर बारह से साढ़े चार बजे तक मेरे साथ ट्रैवल करिएगा